लाइव आ जाइए वेलकम है आप सभी का एपी क्लासेस एपीसी क्लास का स्वागत है उसके सोल्यूशन के, के साथ जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आने वाली है ठीक है उसका प्रिपरेशन करेगी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो आपको हर बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी तो आज में आपको पांच ऐसी क्रिया बताऊंगा पांच ऐसे रिएक्शंस बताऊंगा जो कि बोर्ड में छपे हैं मान के चलो ठीक है ये बोर्ड में हंड्रेड परसेंट आने और इंपॉर्टेंट है और चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके सामने ठीक है पांच बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने है ठीक है पहला प्रश्न आपको मिल रहा है वह है हैलो फॉर्म अप क्रिया ये इतनी बार ठीक पहले नंबर पे इसलिए और भी कई रिएक्शंस मैंने रखे हुए हैं ठीक है थीके? तो ये रियक्ष... हाँ बाबू प्रॉब्लम कुछ चले है, मुझे भी लग रहा है पवन यादव जी अब बताओ कैसी आ रही है सारी क्या नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम है थोड़ी सी बात बताओ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि क्लास आ, आपको मैं बता रहा हूँ रिएक्शन जो मैं बता रहा हूँ आप पूरे यूट्यूब में छा मालू कहीं नहीं मिलने वाली ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपने मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पर रिएक्शन जो ना थोड़ी सी पता है फिर भी देखते हो आगे बढ़ते हैं जो हम लोग का रिएक्शन है उसके लिए देखो जहां सीओ ग्रुप होना चाहिए कहीं भी हेलो फॉर्म क्रिया होगा तो सीएस्त्रो ग्रुप होना चाहिए अब यहां पर आप कार्बन चाहे जितना मतलब ठीक है कुछ भी लिख सकते हो आप लेकिन फ्लोरिन जो होता है वो हेलोफॉर्म क्रिया नहीं देता है लेना है तो रिएक्शन होगा क्या हेलो फॉर्म क्रिया ये रिएक्शन होते कैसे है देखो दो स्टेप में रिएक्शन होता है जो सीएस्त्री सीओ ग्रुप होता है वो रिएक्शन करता है थ्री एक्स से यानी कि जो आपका हाइलोजन समूह है वह जितनी मात्रा में आप हाइड्रोजन देखोगे उतनी मात्रा में आपको हाइलोजन लेना पड़ेगा ठीक है उतनी मात्रा में आपको हाइलोजन लेना पड़ेगा आप लोग बताओ क्या मेरी वॉइस आप लोगों को सुनाई दे रही है और ये क्लास करो कमेंट करो मेरी वॉइस कैसी लग रही है वॉइस कंफर्म हो रही है वॉइस कन्फर्म हो रहा है वॉइस मेरी कन्फर्म हो रही है आप बताओ पड़। फटाफट पड़। कमेंट करो फटाफट कमेंट कीजिए बाबू आप सभी ठीक है प्रदुम केशव पवन बाबू सबका हाय है आगे देखो यहाँ पर ध्यान समझो, यहां जो लिखना, यस सर आ रहा है नहीं आ रहा है तो कोई बात जी सर वॉइस आ रही है ठीक है स्क्रीन भी क्या आ रहा है स्क्रीन का जो जो मैं टाइप कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ वो भी स्पष्ट आ रहा है क्या क्या कोई लैगिंग हो रही है इसके बारे में भी बताओ फटाफट कमेंट करो स्क्रीन पे जो लैगिंग हो रही है कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तब भी बताना ठीक है ऐसा कुछ हो रहा होगा तो कमेंट कीजिए आगे मैं रिएक्शंस को चालू कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर क्या होता है जिससे बनाया गया जितनी मात्रा में यहां लेते हो ना जितनी मात्रा में यहां एच होगा उतनी मात्रा में आपको एक्स लेना पड़ेगा यानी कि जितनी मात्रा में आप एच लोगे ना उतनी मात्रा में आपको एक्स लेना पड़ेगा तो मान लो यहाँ मैंने तीन मात्रा में थ्री मोस जो है ना एच लिया तो तीन मोस आपको एक्स टू लेना पड़ेगा यानी कि हाइड्रोजन समूह लेना पड़ेगा उतनी मात्रा में लेना पड़ेगा ठीक है नहीं सर ठीक है कोई बात नहीं आगे देखो बाबो समझो ध्यान से ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा सीओ होगा और यी होगा सी होगा सी जो ग्रुप आपको यहाँ मिल रहा है ठीक है ये यहाँ से इस जितनी मात्रा में एच होता है उतनी मात्रा में यस ग्रुप उसको लेकर चला मतलब थ्री एच एक्स से निकल जाता है और बाकी यहाँ से ग्रुप जुड़ जाता है अब जो वहां से HX ग्रुप सीधे निकला हुआ है वो क्या करता है फिर से जो आपको यहाँ पार्ट मिला होता है एनएवे के साथ रिएक्शन करने पर बनाता क्या है सी एच देखो एन एवच आई एन आई होगा ऐसे और ओ एन ए इसके साथ जुड़ जाता है पीछे वाले पोजीशन के साथ इसके साथ ओ एन ए जुड़ जाएगा ठीक है बाकी O जो यहाँ पर h है इसके साथ चलेगा मतलब सी एच एक्स बन जाता है और उसके बाद यहाँ कोई ग्रुप जो होगा वो लगेगा सी करके ठीक है ये पूरे की पूरी रिसन मैंने यहाँ कर दी है इसको ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे ठीक है देखो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है ध्यान से देखना आप समझ जाओगे यहाँ जो रियक्शन आपको मिल रहा है ठीक मतलब है अब आप कीटोन, का भी करवा सकते हो, कीटोन का भी करवा सकते हो एलडीहाइड्स का तो है ही इसका रिएक्शन देखो कैलो देखो कभी कभी पूछ लेता हैलोफार्मी पूछ लेता है क्लोरोफार्म तो हेलो फॉर्म भी रिएक्शन ऐसे ही होंगे क्लोरोफार्म का भी रिएक्शन ऐसे ही होता है सीएस थ्री और उसके बाद H H है है है तो तो जितनी बार बार बार में में में आपको आपको पर हाइड्रोजन दिखेगा उतनी मात्रा में आपको Cl2 लेना पड़ेगा ठीक ठीक तो तीन तीन दिखा हमको हमने हमने क्या क्या ले ले लिया CL ले लिया Cl उसके बाद किया इसका इसके साथ आ दिया तो जितनी मात्रा में वो सीएल पूरी की पूरी एच को निकाल देगा मतलब सी सी बन जाता है यहाँ से और उसके बाद तीन एच जो है निकले हुए सीएल के साथ चले जाते हैं थ्री एस निकल जाते हैं यहाँ से बाकी जो ग्रुप है वैसे सेम का सेम ग्रुप जब भी ग्रुप आ जाता है उसके बाद क्या होता है ठीक है उसके बाद क्या होता है ध्यान से देखना उसके बाद क्या है जो आपको मिलता है यहाँ पर ग्रुप सी एस थ्री सी ठीक है उसके बाद सी ग्रुप है ठीक है ठीक है उसके बाद देखो ये जो ग्रुप है ना एन के साथ रिएक्शन करता है एनएच के साथ जब ये रिएक्शन करता है है तो यहां पर देखो क्या होता है। न, का यहां से H जो है वो निकल के चला जाता है के साथ जो कि मैंने यहां पर लिख करके अच्छे से समझाया भी है तो यहां बन जाता है सी एक्स बन और उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर बचा हुआ क्या है सी डबल ओ यहां पर से ने यानि कि ग्रुप बन जाता नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर देना मैं वहां से दे दूंगा ठीक है आगे देखिएगा जो सेकेंड रियक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है कहनी जा रो रियक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊ मोस्ट मोस्ट रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन है reaction, है ठीक आपको क्या समझ में कमेंट करके बता दो मुझे कम, समझ में आए आप लोगों को कमेंट कर दो यस yes सर समझ में आ गया ठीक है अगर जो नहीं आए तो बताओ फिर से मैं रिवीजन कराऊ उसका ठीक है बाकी कैनी जारो रिएक्शन चालू करता हूँ कमेंट कर दो फटाफट आप सब ठीक है कमेंट कर दो बाबू आगे देखो ध्यान से जो कैनीजारो रिएक्शन है उसके बारे में ध्यान से जो कैनीजारो रिएक्शन ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मैं आपको क्या बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट रियक्शन है एलडोल संग्रहण होता है इंपॉर्टेंट है और कैनीजारो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला ठीक है धनझारी धनजार जी, जी वेलकम है बाबू ठीक है ध्यान से देखो होते होते हैं, हैं, हैं, उनके पास पास अल्फा अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना हो, हो, मतलब जिनके पास अल्फा नहीं ठीक ठीक है, है, है और 50 जो, या जो भी भी ले लो, आप यूज कर सकते हो, इनके साथ रिएक्शंस करते हैं, तो वही आपको बता दू देखो ये सी वह जो कार्बन होता है ठीक है एक्सप्लेनेशन कर दीजिए सर फर्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेनेशन कर दीजिए राम सजन बाबू आपका क्लास मिस हुआ थोड़ा सा थोड़ा पहले आना चाहिए था आपको ठीक है आप लेट कर दिए हो इसलिए क्लास जो है वो मिस हुई है ठीक है फिर भी अभी देखूंगा रिपीट कर दूंगा यहाँ देखो जो सी ग्रुप है यहाँ पर देखिएगा देखिए ग्रुप जो है ठीक है वो ध्यान से समझो सी ग्रुप ठीक है सीएचओ ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं अगर जो इससे जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन ग्रुप है ना तो उसे बोलते क्या है अल्फा हाइड्रोजन तो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं लेकिन अगर जो आप यहां देख पा रहे हो ध्यान से यहाँ आप देख पा रहे हो यहां पर ठीक है मैं कलर चेंज करता हूँ ठीक है आप देखो यहाँ पर यहाँ जो आप देख पा रहे हो ये जो आप मिल है यहाँ पर आपको मिल ठीक है यहाँ पर आपको मिला यहाँ पर ठीक है मतलब एच सी है और यहाँ पर बेंजिन के ऊपर सी ग्रुप है इन दोनों को आप अगर जो गौर से देखेंगे ना ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों ग्रुप है इनमें क्या आपको अल्फा कार्बन दिख रहा है मतलब कार्बन भी नहीं दिख रहा है हाइड्रोजन तो दिखेगा ही नहीं मतलब इससे साथ जुड़ा हुआ जो ग्रुप है इसके साथ मतलब सीएचओ ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ जो ग्रुप आपको मिलेगा ठीक है जो सी ग्रुप है आपके ठीक है इसके साथ जो जुड़ा हुआ ग्रुप है ये सिर्फ तो एच है ना यहाँ से देखो ध्यान से ये तो सिर्फ एच है और इसके साथ इसने क्या किया बेंजियर को सीधे अटैच करवा दिया मतलब ये ग्रुप होगा बेंजियर वाला तो ये देखो इन दोनों के पास अल्फा कार्बन नहीं होते हैं ठीक है अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता है मतलब ये दो चीजें हो गई एक हो गया एच सी एच एक हो गया बेंजल डिहाइड ये दोनों के पास अल्फा कार्बन और अल्फाहाइड्रोजन नहीं होते हैं तो कहने जा वही देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो आगे बढ़ के ये रिएक्शन जो मैंने दिया है इस रिएक्शन को देखो ध्यान से कैसे होता है तो दो हमने समझ लिया एक पढ़ गया हम लोगों का एच और एक पढ़ा है एच दोनों एस दो बार लेना है आप लोगों को ठीक है ये एस सी दो बार लेना है इसका रिएक्शन कंसनट्रेट यानी 50 परसेंट या तो ले लेना या तो देना ऐसा रिएक्शन कराना जब आप इसका रिएक्शन पचास परसेंट एन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो देखो देखो क्या होगा ध्यान से तो यहाँ पर क्या होगा जो एच है ये यहाँ से H C H उसके बाद यहाँ से ओ एच और इसके बाद यहाँ से ओ एच सॉरी यहाँ से H और ओ एच समूह निकाल लेगा मतलब ये और यहाँ बन गया ओ एच सी एस थ्री ओ एस समूह यहाँ से बन जाता है यानी कि एल्कोहल बन जाता है ठीक है और उसके बाद यहाँ H C डबल बॉन्ड O यहाँ से ठीक है और यहाँ से एन यानी कि H C डबल O एन ए समूह बन जाता है इसी रिएक्शन को कहा जाता है कैनीजारो रिएक्शन ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ना कि मैं आपको क्या बताऊं कितनी बार एग्जाम्स में आता है अगर जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब किसी भी स्टेट बिलोंग करते हो किसी भी आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो चाहे आप एसएससी बोर्ड के हो चाहे सी बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो ठीक है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला ठीक है कैनीजारो रिएक्शन देखो ये कैनीजारो तो रिएक्शन जो है ना वो दोनों चीजों में होती है देखिएगा से इसमें भी आप कैनिजारो रिएक्शन मिलेगा यानी कि जो बेंजल डिहाइड है उसमें भी आपको कैनजारो रिएक्शन मिलेगा ठीक से ये देखिए आपको बेंजल डिहाइड मिलेगा बेंजीन के ऊपर समूह बेंजल डिहाइड बोलना ठीक है इसका क्या होता है द, डबल बार, डबल बार आपको लेना दो बार लेना आज पांच ऐसे रिएक्शन है जो इतने ब्रह्मास्त्र मार के चलो और पेपर उठा के देखना और पेपर दे करके आना और अगर जो नहीं ये क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे बताना हंड्रेड परसेंट बता रहा हूं कि आपके ये क्वेश्चन छापे हुए एग्जाम में ठीक है ये इतने इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है तो देखो यहाँ से क्या होता है ये पूरा का पूरा ग्रुप है जो यहाँ से सीधे सीधे सीए समूह और यहाँ से एक और यहाँ से Oh को लिखा चल जाता है जिसे बन जाता है ठीक है? यानी कि बेंजिन के ऊपर तो और, OH तो और साथ ही साथ क्या है सी डबल बॉन्ड ओ और एन नहीं बन जाता है जिसे बोलते हैं सोडियम बेंजेनोइ ठीक है तो ये दो तरीके के नाम आपको मिलते हैं यहां से तो ये आपका रिएक्शन हुआ यानी कि कैनीजारो रिएक्शन जो है आपका ध्यान से समझो वो दो हो सकता है एक तो ये कहनी एक ये रिएशन रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा देखो अगर जो आप यहाँ पचास परसेंट एनएच या कंसनट्रेट एन या एच नहीं लिख रहे हो तो ये रिएक्शन गलत हो जाता है यानी कि आपको ये लिखना जरूरी है अगर जो ये आप नहीं लिखते हो तो आपका रिएक्शन गलत हो जाता है ठीक है आगे बढ़े बाबू आपको इच्छा ये रिएक्शन कैसा लगा ये रिएक्शन कैनी आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कैनी जारो में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे ठीक है आप स्क्रीन शॉर्ट लेना चाहते हो तो इसकी शॉर्ट लेकर भी रख सकते हो ने, तो इसका पीडीएफ तो तो कर दूंगा बताने की कोशिश करूंगा ठीक है आगे देखो ध्यान से और सभी बच्चे कहाँ हो आ जाओ जुड़ जाओ बाबू सभी लोग जुड़ जाओ सभी लोगों को शेयर कर दो जिससे सभी बच्चे जुड़ जाए मिस ना होने पाए उनकी क्लासे ठीक है क्योंकि आठ बजे से आपकी लाइव क्लासे हमेशा चलेंगी और ये बात आप समझ में आता है ठीक है वेरी गुड कोई बात नहीं बाबू आगे देखो आज मैंने सभी क्या होता है जो या फिलहाल के ऊपर जब ओएच लग जाता है तो उसमें फिनॉल कहता है जब फिनॉल का रिएक्शन एन एव एच एक्स एनएच या केवेच के साथ कराते हैं और इसके साथ रिएक्शन करवाने के बाद भी रिएक्शन क्लोरोफार्म या फिर कार्बन टटाक्लोराइड के साथ दोनों में से किसी एक के साथ करवाते हैं तो जो रिएक्शन होता उसे है, है? बातें समझ में आ जाते है? हैं अब यहां दो आ एक तो आ गया क्लोरोलोराइड तो दो रिएक्शन आपके सामने आती है तो क्लोरोफार्मन टटाक्लोराइड तो इसमें कौन से रिएक्शन रियक्शन होगा वो होगा क्लोरोफार्मा रिएक्शन तो क्लोरोफॉर्म वाला रिएक्शन क्या होता है देखो ध्यान से समझो मैं दोनों रिएक्शन आपको समझाऊंगा फुल एक्सप्लानेशन एकदम इजी वे में ठीक है आपको एकदम इजी वे में समझाने वाला हूँ और आप यार वीडियो पे सर्च करके भी देख लो ना तो ऐसे ही आपको नहीं ठीक है इसको ध्यान से देख रहे ना ठीक है नेटवर्क का इशू हो रहा होगा तो बताना नेटवर्क का इशू हो रहा होगा तो बताना भाई कमेंट कर देना आप लोग ठीक है आपको रिएक्शन कैसा लग है वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताते रहिएगा ठीक है कमेंट करके बताते रहिएगा ठीक है ये होता है फिनॉल ग्रुप फिनॉल ग्रुप का जब रिएसन होता है एन के साथ तो एक्वास देखो यहाँ पर एकोस एकोस तो यहां, यहां, ओने, ओने यहां पर ध्यान एक्वास एक्वास लिखना के साथ रिएक्शन होगा तो से लग जाता है ठीक है तो एन ए ग्रुप यहां आप लोगों के पास लग जाता है फिर क्या होता है इसका करा तो क्लोरो मतलब सी एच सी एल थ्री सी एच सी फॉर्म लेंगे और तो पैरापोजिशन ये आर्थो और पैरा पोजीशन क्या होता है यहाँ पर मान लो तो इसके आमने सामने वाला जो होता है ये पूरा का पूरा आर्थो कहलाएगा आर्थोपोजीशन इसके इधर वाला भी कहलाता है मेटापोजीशन और ये नीचे वाला कहलाता है पैरा पोजिशन इसको आप कहीं लिख लो अगर जो आपको दिक्कत हो रही है तो कहीं पर लिख लो ठीक है आगे देखो बातें क्या होगी तो यहाँ जो सी एच सी एल थ्री जो है ना आपका वो रिएक्शन करेगा सीधे इस पार्ट पे यहाँ आपको दिखाना है तो यहाँ से क्या होता है आपको और यहाँ से सीएल को लेकर जाता है यानी कि एस सी एल ग्रुप यहाँ से निकल जाती है जब एच सी एल ग्रुप यहां से निकल जाती है यहाँ से एच सी एल ग्रुप यहाँ से निकल जाती है तो क्या होता है ठीक है एस ग्रुप के निकलने के बाद क्या होता है यहाँ पर क्योंकि यहां पर सी तो रहेगा दो सीएल बच गए तो यहाँ लग जाता है कार्बन यहां पर आकर सी बन जाता है ठीक है सी बन जाता है सी जो आपका है ठीक है ध्यान समझेगा सी एच जो आपको मिल रहा है ये क्या होता है? ये साथ, साथ रेशन करता है तो जितनी मात्रा में यहाँ सीएल एनए लेना पड़ता है ठीक है तो यहाँ एनए इधर लगाओ एनए इधर लगा दो यहां ओ एच यहाँ ओ एच ठीक है कैसा लग रहा है आप समझ पा रहे हो ठीक है आप बताना मुझे ठीक है तो यहाँ एनएवए लगा देना उसके बाद क्या करना है ठीक है यहाँ पर देखना उसके बाद क्या करना ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है इसके बाद क्या करना यहाँ पर समझा फिर क्या होता है एनी वेगा देना फिर यहाँ से क्या होता है एनी जो है ना सीएल को लेकर चले जाएगा मतलब यहाँ से देखो जल कैसे मैंने निकाल देखो एकदम स्टैंडर्ड तरीके से मैंने यहां से जल निकाल दिया अब जो जल निकल जाता है यहाँ से समझिएगा जो जल वहां से निकल जाता है उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर बन जाता है एल समूह ठीक है एल डी हाइड समूह बन जाता है फिर इसका रिएक्शन करा देते हैं एसडिफिकेशन यानी कि एस से रिएक्शन करा देते हैं एच है से तो एच से रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है जो एच होता है जो यहाँ पर ठीक है ऐसे टूटता है इसको एच यहां सी एल यहाँ हो जाता है तो ये रिएक्शन ऐसे होगी एन एच जो है एनएसएल निकल जाता है और एच इसके ऊपर अटैक ही कर देता है बात समझ रहे तो अटैक करने की है? है, के बाद क्या बनाता है, आर्थो पे एक होता है पारा, पारा तो ये दो तरीके के नाम होता है, एक होता है, एक होता है तो ये हो गया इसके साथ एक साथ रिएक्शन तो कार्बन टट्टाक्लोराइड के साथ रिएक्शन भी इसी बात से होता है अगर जो आपको रिएक्शन समझ में आओ तो इसको भी कर दे रहा हूँ ठीक है इसको भी क्या करना है ये फिलहाल होता है NAVH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये देखो कार्बन यानी कि एस सी एल ग्रुप निकल जाता है वहां से उसके बाद क्या होता है यहाँ पर सिंपल सा देखिएगा उसके बाद यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर देखो जो सी एल ग्रुप यहाँ से निकल गया है ठीक है जो सी एल ग्रुप वहां से निकल गया वो तो निकल निकली गल यहाँ पर सीएल की वैल्यू कितनी हो जाती है सीसीएल तो यहाँ पर सीसीएल हो जाता है उसको मैंने यहां इस बात से दिखाया सीसीएल कितनी बार ले लिया तीन बार, तो बार एनए लेना, लेना है OH, OH लग लगा देना आपको ठीक है तो एन ए वे जब आप यहाँ ले लेते हो ठीक है तो एन जो है ना तीन मोल क्या करता है तीन मोल एनए सी एल जो है वो निकाल देता है वहां से और यहाँ ओ एच ओ एच ऐसे तीन तरीके से जुड़ जाता है जो ओ देखोगे आपको तो OH यहाँ पर आपको दिख रहा है उसके बाद उसमें से मैंने क्या किया है जेल को निकाल दिया जब जाता है और एस सी एल ग्रुप यहाँ से यानि जो है, वहां से निकल जाता है और येड बन जाता है तो एक बार आर्थो से एक बार पैरासरिक एसिड बनता है तो ये रिएक्शन आपको ये या जो भी है? आगे जो है. कैसा रीसन लगा आपको बता सब लोग की रीजन कैसा लगा और ये रिएक्शन आप कितना समझ पाए हो ठीक है कितना मुझे ठीक है आगे देखिए आगे जो रिएक्शन हम लोग का है वो देखिए इसमें ट्रिया है इसमें टक्रिया क्या होती है ध्यान समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने कहा था आपसे जहां सस्पेंस होता है क्वेश्चन वहीं होता है यानी कि जहां सस्पेंस होता है क्वेश्चन कहाँ होता है पर वहीं पर आपको क्वेश्चन दिखेगा ये बात युवा में बैठ लो मतलब जहां हम सोचते हैं ना कि ये चीजें ऐसी होंगी वहां हमको जो है क्वेश्चन एसिड कहते हैं इसका नाम क्या होता है हाइड्राजोक एसिड तो हाइड्राजोक एसिड के साथ रिए बाकी कंसल्टेटी लेना ही पड़ेगा ठीक है रिएक्शन के लिए होता क्या है जो ये सीओ ग्रुप है यहाँ से हट जाता है तो यहाँ से CO2 निकल जाता है और एक H H और एक H यहां से, एक से N के साथ निकल जाता है तो बन जाता है, MI मिल जाता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है ठीक है तो ये है मैंने कुछ बातें लिखी हैं तो देखो एच सी एच डॉट रिएक्ट इन इन दिस वे मतलब जो आप लेते हो जगह पे मतलब लेकिन आपने एच ले लिया तो एच रियक्शन नहीं करेगा मतलब रिएक्शन रिएक्शन नहीं करता मतलब ये जो आप दे रहे हो इस वे से कभी जो ये नहीं हो है एग्जांपल के लिए एक और रिएक्शन लिया सी समूह इसका मैं हाइड्राजोक एसिड के साथ करा रहा हूँ यानी कि एन जो एच एन थ्री होगा जिसको हाइड्राजोक एसिड कहेंगे इसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो इसके साथ रिएशन तो करवाने तो कर तो पर यहाँ तो आपको मिल जाता है सीओ समूह निकल जाता है यहाँ से एच और यहाँ से एच एक तो तो बन बन जाता क्या मेथिल एमीन बन जाता है। कर जाती है तो ये चौथे नंबर का रिएक्शन आपको कैसा लगा आपका बताओ कमेंट करके बताओ बच्चे आपको ये चौथे नंबर का रिएक्शन कैसा लगा इसके बाद आपका लास्ट फाइनल एक और रिएक्शन है ठीक है जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा बताने वाला हूँ और देखो आज की क्लास कैसी लगा? दूं आज, आज तो ठीक, हो हो, ठीक, को ठीक है तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा रिएक्शन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बता दो ये कैसा लगा को दो आप सभी ठीक है कमेंट करके बताइए रिएक्शन कैसा लगा आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं आगे जो रिएक्शन हम लोग का मिल है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया मिल है ये भी बहुत है। पे मैंने रखा है और पांचवेटेंटक्रिया है कार्बिल इम्पोर्टेंट अब क्रिया है, है इसको आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से समझे ठीक है पवन यादव गुड है बाबू सही है धन्यवाद बाबू आप इसको बताओ ये अब क्रिया आप सब समझो ध्यान से पांचवा जो रिएक्शन कहना चाहते हो वो सभी चीजें आप कमेंट करते हो मैं आप सभी तभी मैं आपकी बातें समझ पाऊंगा कि आपको हर स्टेप समझ में आ रहा है हर स्टेप समझ में आ रहा है आप कमेंट करके बताते रहो अगर मैंने एमीन पढ़ाया एमीन के बारे में कुछ बोल रहा हूं तो आप एमीन समझो एमीन को लिखो आपकी स्पेलिंग जो है फिर पकड़ जाए ठीक है तो देखो ध्यान से पर प्रॉब्लम हो रहा है किधर से प्रॉब्लम है इधर से प्रॉब्लम हो रहा है कि उधर से प्रॉब्लम हो रहा है क्या मेरी वॉइस बज रही है क्या मेरी वॉइस बज रही है नहीं सर ठीक है आगे बढ़ते हैं तब अब ध्यान से देखना ये जो का दो हजार के सेट में आपको ये मिल गया यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मैं आपको क्या बताऊं? दो हजार के सेट में ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा ठीक है देखो ये रिएक्शन कैसे होता है ये ग्रुप होता है एमीन समूह ठीक है यहां समझेगा कार्बिन एमीन नाम से है तो एमीन समूह होता है और सी समूह होता है जिसको क्या नाम से जानते हो आप लोग क्लोरोफार्म नाम से जानते हो सी किस नाम से जाना जाता है क्लोरोफार्म नाम से आप जानते हो तो क्लोरोफार्म होता है इसका रिएक्शन आप के साथ साथ साथ भी आप आप ले ले सकते हो, के पर के भी ले सकते हो हो पर इसके इसके कराते हैं तो रिएक्शन पे समझो ध्यान से क्या बनता है तो यहां पर रिएक्शन करवाने पर आइसोसाइनाइड टेस्ट बनता है यानी कि आइसोसाइन बनता है जो बेनजीन के ऊपर एनसी समूह लगता है एनसी समूह को ही आइसोसाइनाइड कहा जाता है तो एनसी समूह जो आपको मिल रहा है वो आइसोसाइनाइड समूह है ठीक है तो एमीन समूह जो आपको मिलता है एमीन समूह में आइसोसाइनाइड जो है वो मिलता है अब ये जो रिएक्शंस हो रही है इस रिएक्शन का जो टर्म है उस रिएक्शन में क्या होता है ये जो एन है और यहाँ सी है ये दोनों इस दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं और ये उल्ट जाते हैं यानी कि ये जो सी ग्रुप है यहाँ पर चला जाता है जो एनसी हो जाता है और ध्यान से समझिएगा थ्री के सी एल लिया तो KCL आप निकाल दोगे NaH लिया होता तो आप NaCL निकालते यानी कि एन आप NaOH भी निकाल सकते सॉरी NaCL भी निकाल सकते हो मिल गया तो यहाँ से आप एस टू और एक H यहाँ से और यहाँ पर आपको एक मे मिल जाता है तो यहाँ से यश और उसके बाद आपको यहां से एक H मिल जाता है यानी कि थ्री मोस आप एस टू से निकल जाता है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप समझ पा रहे हो ठीक है आगे इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है इस एक्सप्लानशन को आप ध्यान से देखो ये एक्सप्लानशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ मैंने लिया है सी ठीक है इसका रिएक्शन में CH3 के साथ यानी कि क्लोरो के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ यहां मैंने थ्री मोका लिया हुआ है ठीक है जो रियक्शन करके सी बना रहा है एनसी का मतलब क्या होता है आइसोसाइनाइड ठीक है है है ये ये बना रहा है। थीके एगे थीके एगे को निकल और यहाँ आपको एक सी एल थ्री समूह मिल रहा है आपके पास बार लिया एनएल कितनी हो गई आपके पास तीन बार हो चुकी है ठीक है तो होता क्या है में जो से आपको ठीक है तो एक तीन बार एनए क्या तो थ्री एनएसीएल आपका मिल जाता है एनएसीएल क्योंकि यहां पर आपने एनए लिया है तो एनए सीएल आपको मिल जाएगा कितनी बार तीन एनए सीएल यहाँ से निकल जाता है फिर यहाँ क्या हुआ एक एच यहाँ पर आपको मिल जाए ठीक है एक एच आपको यहाँ मिल रहा है तो यहाँ आप एक एच देख पा रहे हो और उसके बाद आपको यहाँ पर H2 समूह मिल रहा है तो एच टू जो है आपको है, तो दो -H और एक ऑक्सीजन यहाँ छुटा हुआ है और वो मिलाता है यानी कि थ्री मोस्ट आप एच टू ओ समूह यहाँ से बन जाते हैं तो अगर जो आपने ये रिएक्शन देखा है बड़ी अच्छी तरीके से फील किया है तो ये रिएक्शन आसानी से हो चुका होगा आपका ठीक है ये रिएक्शन आसानी से हो चुका होगा तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको देखो पांच रिएक्शंस आपके करवा दिए और पांचों रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं तो ये पांच मैंने वादा भी किया था भाई फाइव रिएक्शंस आप लोगों के हैं यानी कि पांच अब ऐसी होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम्स की यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट कि आपको क्या बताऊं और पूरे सॉल्यूशंस के साथ मैंने करवाया है तो इसका पीडीएफ जाइए तो आप कमेंट करना अच्छा कार्बिल वाला फिर से समझा दो क्या वसीम जी कार्बिल समझा दो क्या सर वाइस सही नहीं आ रही है क्या वॉइस कट कट के आ रही है मेरी वॉइस मेरी कट कट के आ रही है क्या ओके पीडीएफ चाहिए तो बाउ पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ठीक है क्या वॉइस मेरी कट कट के आ रही है आप बताओ कमेंट करो मुझे वॉइस क्या कट कट के आ रही है ट कट क्या आप सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हो आप सभी कमेंट बताओ मुझे ठीक है जो आप लोगों ने देखा इसमें से कौन सा रिएक्शन आपको समझ में नहीं आया कौन सा रिएक्शन आपको समझ में नहीं आया ये आप कमेंट के बताओ मैं एक बार पुनः रिपीट करूँगा कभी कभी पिक्चर क्लियर नहीं होता है पवन जी वो आपके रेजोल्यूशन पे सेट है अगर जो आपने ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है तो वहाँ आपका जो ऑटोमेटिक जो आपने उन्हें सेट किया होगा ना जो आप एक या 240 40 पे चलाते हो वो अगर जो आपने ऑटोमेटिक सेट किया होगा तो प्रॉब्लम होगी ठीक है सर फाइव अपक्रिया बता दीजिए पाँचों अपक्रिया फिर से बता देना है फिर से तो नहीं पाएगा बाबू पाँचो क्रिया फिर से तो नहीं हो पाएगा वसीम जी अभी आपको अगर जो देखना हो तो एक बार पुनः वीडियो जो आप पूरी चल चुकी है अभी मैं पोस्टेड कर दूंगा उसको एक बार पुनः देख लीजिएगा आपको ये तो यहाँ पर जो आपको ये ग्रुप मिला है वो एमी समूह और ये जो होता है सी एच समूह होता है इस समूह के साथ कराते हैं तो यहाँ से सी और एक एन और ये जो है वो निकल जाता है जि जिसको कहते हैं आईसो यानी कि आईसो टेस्ट बी से कहते हैं और ए जो होता है या NaCl जो आपको यहाँ मिल रहा है वो यहाँ से निकल जाता है और जल की अड़ जो है ना इसमें हाइड्रोजन से और यहाँ जो एच एच ओ एच है वो अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा हमको ठीक है धन्यवाद